यूट्यूबर बन जाता है ना तो एक नवाब बन जाता है मतलब उसकी एक रिक्वायरमेंट निकल के आती है कि भाई अगर तुम्हें मेरे साथ खेलना है, तो भाई तुम्हारी है और तुम ग्रैंड मास्टर ऐसी नीचे नीनी चाहिए ऊपर होना चाहिए और न जाने ऐसी हजारों चीजें फिर क्या उसमें खुद इनमें से एक भी चीज ना हो लेकिन उसे चाहिए सारे के सारे बंदे हाई उनका सीधा कहने का मतलब होता है हमें नीचे नॉर्मल प्लेयर हमें जो भी चाहिए वो चाहिए हाई फाई भाई मेरा उन सभी यूट्यूबर ऐसी सिर्फ एक सवाल जब तुम सब्सक्राइब करने को बोलते हो तो क्या ये बोलते हो कि भाई जिसका अच्छी लेवल से ऊपर हो वही सब्सक्राइब करना नहीं बल्कि तुम तो ये चाहते हो जो फ्री फायर ना भी खेलते हो ना वो भी तुम्हें सब्सक्राइब करें भाई मैं तो इनकी तरह इतना बड़ा यूट्यूबर तो नहीं हूँ लेकिन भाई मेरे से मिलने के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है आप जो भी है जैसे भी है मेरे से मिल सकते हैं हालांकि मेरी फ्रेंड फुल है आप इन दोनों आईडी में से किसी पे भी फ्रेंड भेज देना ये बंदे मेरे से मिला देंगे आपको